प्रिय दर्शकों आपने कहावत सुनी हुई होगी कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत जी हाँ दर्शकों आपके साथ ऐसा कुछ ना हो क्योंकि भविष्य में कुछ यदि बुरा होने वाला होता है तो हमें पहले से ही संकेत मिल जाते हैं लेकिन हम लोग क्या करते हैं हम लोग उनको अनदेखा कर देते हैं और कभी कभार हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिन्हें हम बार बार उनको नज़रअंदाज करते हैं तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं कि यदि आपने इन संकेतों को समझ लिया तो फिर वही है कि आगे आपको पछताना नहीं पड़ेगा जो लॉसेस है जो हानि है वो कम होगी तो दर्शकों चलिए शुरू करते हैं अधिक समय ना लेते हुए यदि आपके घर में अचानक से देखिए घड़ी बंद हो गई पहला संकेत है अचानक से घड़ी बंद हो गई तो ये जान जाइए कि आप उसको जितनी जल्दी हो उसका सेल आप लोग चेंज कर जो है दीजिए और जो सही समय है उस पर आप उसको सेट कर लीजिए क्योंकि जो घड़ी का बंद होना है ये किसी भी हाल में शुभ नहीं माना जाता है बुरे संकेत की ओर बुरे समय की ओर ये घड़ी इशारा करती है इसलिए यदि अगर आपके घर में बार बार घड़ी बंद हो जाती है ठीक करवाने के बाद भी वो सही नहीं हो रही है तो आपको सचेत रहने की आवश्यकता है दूसरा हम बताना चाह रहे हैं दूध का गिरना जी हाँ सबके घर में दूध लिया जाता है उबलता भी है और गिरता भी है लेकिन यदि उबलते समय दूध का गिरना बार बार हो रहा है एक दिन हो गया दो दिन हो गया ठीक है लेकिन कंटिन्यू यही दस पंद्रह दिन से चल रहा है तो ये समझ लीजिए कि आपको धन से रिलेटेड लॉसेस होने वाले हैं और आप बर्बादी की कगार पर ये ले जाने का इशारा करता है देखिए दर्शकों जो दूध होता है दूध का गिरना बहुत अच्छा संकेत नहीं माना जाता है हमेशा सावधानी पूर्वक इसको जो है आप लोग जो है गर्म किया करिए और घर में ये चीज़ अपने यहाँ महिलाओं से बता दीजिए अगली जो अशुभ चीज होती है ये होता है कांच का टूटना या काच के बर्तनों का टूटना जी हाँ दर्शकों यदि आपकी रसोई में रखे कांच के बर्तन बार बार टूटते हैं यदि आपके यहां के शीशे बार बार टूटते हैं तो एक जान जाइए कि आर्थिक संकट फाइनेंशियल क्राइसिस आपके साथ आने वाले हैं और इससे आपको सावधान यहां पर रहने जो है रहने की सलाह देते हैं शुभ आयोजन में व्यवधान उत्पन्न होना मान लीजिए कि आप कोई शुभ कार्य की योजना बना रहे हैं और बार बार उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जा रही कोई ना कोई विघ्न आ जा रहा है तो इसका अर्थ सीधा साएंगे सा लेकिन कोशिश कीजिए कि सुंदरकांड वगैरह का यदि आप पाठ करते हैं या महामृत्युंजय मंत्र की एक माला जप लेते हैं तो वो पर्याप्त रहेगा अगला जो अंतिम संकेत है ये होता है आपकी छत पर तमाम प्रकार की जो चील कौवे या जो है पंछी लोग हड्डी ले आके गिरा देते हैं छोड़ देते हैं तो घर की छत पर यदि हड्डी कोई गिरा दे रहा है या प्लास्टर आपके घर के उखड़ जा रहे हैं तो ये दर्शाता है कि आपका आने वाला समय बिल्कुल भी शुभ नहीं है आप इन सब चीजों को जो है साफ सफाई से रखिए घर का प्लास्टर यदि टूट जाए तो उसको आप लोग रिपेयर करवाइए इन सब संकेतों को आपको समझने की देखिए सलाह हम यहाँ पर दे रहे हैं और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और शुल्क के साथ ही सुविधा है तो दर्शकों ये जो हमने संकेत बताए हैं यदि आपके साथ ये घटित हो रहे हैं तो आप लोग इतना जान जाइए कि कुछ ना कुछ अशुभ होने वाला है प्रिपेयर रहिएगा तैयार रहिएगा प्रोग्राम को देखा आपने इस वीडियो को देखा धन्यवाद आपका और हमें पूरा यकीन है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा बेल आइकन जरूर दबाए होंगे इस वीडियो को आपने लाइक किया होगा हाँ दर्शकों इस वीडियो को आप लोग जमकर शेयर करिए क्योंकि ये जो अशुभ घटनाएं हैं ये हर किसी के साथ हो सकती है तो आपका भी मौलिक जो है यहाँ पर कर्तव्य बनता है कि सभी तक ये वीडियो पहुँचे दीजिए इजाज़त तब तक के लिए नमस्कार राम राम